सो so फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ एक नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराया जा रहा है हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए जो लोग ऐसा भर्ती या हॉस्टल बांटाने की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन साथ ही बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले प्रश्न और छत्तीसगढ़ के पेय पदार्थ से साथ ही छत्तीसगढ़ के जनजाति में जो देवी देवताओं से जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनसे प्रश्न देखेंगे तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान लास्ट एक वीडियो को जरूर देखना ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं 70 परसेंट गारंटी देता हूं ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लाइक करके रख लीजिएगा अगर कल के क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है पूरा क्लासेस अपलोड कर दी गई तो चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं बस्तर के दसरा से उसके बाद हम देखेंगे जनजाति से क्वेश्चन ठीक है तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बस्तर से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं बस्तर के दसहरा से और बस्तर के दशहरा में कितने दिनों तक चलता है तो ये आपको पचहत्तर दिनों तक चलता है ठीक है तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बस्तर के दशहरा पूछे जाने वाले प्रश्न देखिये ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सी जी पी एस सी और 17 में आया हुआ प्रश्न है तो जैसे कि बस्तर का दशहरा एक पारंपरिक त्योहार है ठीक है जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा कि बस्तर का जो दशहरा होता है एक पारंपरिक त्यौहार है जो कितने दिनों के अवधि तक मनाया जाता है तो आपके ऑप्शन है 60 दिन ऑप्शन बी है 75 दिन और ऑप्शन सी 90 दिन या ऑप्शन डी है 120 दिन तो इसका आंसर हो जाएगा 75 दिन ठीक है जो तो बस्तर का दशहरा होता है आपका 75 दिनों तक इसको मनाया जाता है ठीक है उसके बाद है बस्तर के दशहरा यानी कि सेकेंड क्वेश्चन है बस्तर का दशहरा में माउली माई की विदाई के सम्मान में या अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है तो बस्तर के दसरा में मौली माई के विदाई के विसम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन ए है यात्रा ऑप्शन बी है ऑप्शन सी गंगा मुंडा जाता ऑप्शन डी है मौली परगाव तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मौली परगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ में जो गोंचा माह होता है आपका आषा माह में मनाया जाता है ठीक है ये आपका सिजी व्यापम 2012 में आया हुआ प्रश्न है इसके बाद देखेंगे कि बस्तर दिवाली को क्या कहते हैं तो बस्तर की दिवाली, दिवाली, दिवाली को दियारी कहते हैं नोट कर लीजिएगा इसको बस्तर की दिवाली को दियारी कहते हैं ठीक है ये आपका सिजी व्यापम दो में पूछा है इसके बाद देखते हैं कि बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति कब होती है तो बस्तर की जो दशहरा होती है उसकी समाप्ति कब होती है तो ये आपके आपसत ये आंसर हो जाएगा मुरिया दरबार से जो मूरिया दरबार होता है बस्तर के उत्सव की समाप्ति होती है तो आप ये बताइएगा इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि बस्तर के दशहरा के उत्सव की, की प्रारंभ कब की जाती है बस्तर उत्सव की दशहरा प्रारंभ कब की कही जाती है ये आप कमेंट करके जरूर बताएँ इसके बाद है देखिए बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा गोंचा पर्व नाचा पर्व भोगवरिया पर्व तो इसका आंसर ए हो जाएगा गोंचा पर्व सी जी पी में पूछा गया है ठीक है बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है गोंचा पर्व कहा जाता है ठीक है इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जैसे की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं ठीक है ठीके? बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है ऑप्शन ए है चैत्र ऑप्शन बी है आषा ऑप्शन ए है भादो ऑप्शन कार्तिक तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा चैत्र हो जाएगा ठीक है बस्तर में जो माटी तिहार मनाया जाता है वो चैत्र में मनाया जाता है ठीक है सी जी व्यापन में पूछा गया है जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी में पूछे गए हैं विगत वर्षों के ठीक है इसके बाद बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किन के द्वारा खींचा जाता है ठीक है जो बस्तर के दशहरा होता है वो पर्व मनाया जाता है वो रथ किन के द्वारा खींचा जाता है ठीक है यथा यानी कि जगन्नाथ भगवान की जो पूजा की जाती है उस दिन रथ निकलता है तो किन देवी महा से खींचा जाता है तो ये सीजी पी में पूछा गया है तो ऑप्शन है यहाँ पर पंडित द्वारा ऑप्शन बी है यादव द्वारा या ऑप्शन ए है स्थानीय आदिवासी द्वारा या वैश्य समुदाय द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय आदिवासी द्वारा जो कि बस्तर के दशरा पर्व रत किनके द्वारा खींचा जाता है आदिवासी स्थानीय आदिवासी के द्वारा ठीक है इसके बाद देखेंगे बस्तर का दशहरा इनमें से किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है छत्तीसगढ़ के वन विभाग में क्वेश्चन पूछा गया है कब की जाती है जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए इस तरह का आंसर क्या होगा बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है छत्तीसगढ़ के वन विभाग में पूछा गया है ऑप्शन ए दक्षिण देवी ऑप्शन बी मोहमा देवी ऑप्शन सी है काचिन देवी या ऑप्शन डी है मणिक के देवी तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काचिन देवी ठीक है इसके बाद देखते हैं कि काचिन किस पर्व से संबंधित है यह अनुष्ठान है तो काचिन देवी है आपका आंसर ए हो जाएगा दशहरा ठीक है इसके बाद देखते हैं कि किन किनते हैं ये यहाँ से देखिए जनजाति से कितने क्वेश्चन आते हैं ये हम देखने वाले हैं तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद पूरे वीडियो में आप सभी को क्लियर करा दूंगा छत्तीसगढ़ huh? के के संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए तो जैसे की आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा की मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं तो मुड़िया जो जनजाति होता है आपका सीधा डायरेक्ट में आंसर कराते जा रहा हूँ ठीक है मुड़िया जो जनजाति होता है आपका माध्यम नृत्य से करते हैं उसके बाद सेकंड है पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है जो पंथी नृत्य होता है आपका किस समुदाय से संबंधित है तो आपका आंसर सी हो जाएगा राउत ठीक है जो राउत है आपका पंथी नृत्य समुदाय से संबंधित है उसके बाद है वैग जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है जो वहगा जनजाति होता है उसका प्रमुख नृत्य क्या होता है तो आपका कर्म नृत्य होता है ठीक है इसके बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ यहाँ से देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया हुआ है की हुलकी नृत्य कौन करते हैं ठीक है तो आपके आंस, आंसर कौन सा हो जाएगा मुरिया नृत्य जो हुलकी नृत्य है मुरिया जनजाति के लोग करते हैं इसके बाद है बिल्मा नृत्य ठीक है जो बिल्मा नृत्य है आपका आंसर आ जाएगा बैगा जनजाति ठीक है बिल्मा का बेगा हो जाएगा इसके बाद शैला नृत्य कौन कौन करते हैं ठीक है शैलानृत्य कौन कौन करते हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा टेस्ट अच्छा है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख देवी देवताओं के बारे में जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसके बाद देखेंगे सातवा क्वेश्चन ठीक है तो मुरिया जनजाति में पुरुष यानी की कोलांग पुरुष कोलांग नृत्य कौन कौन करते हैं ठीक है तो इसका आंसर कौन कौन आ जाएगा पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री है या फिर बच्चे तो मुझे जनजाति में जो पुरुष को होता है वो आपका पुरुष जाति करते हैं ठीक है वो कौन से करते हैं ये आपका सैलानित करते हैं बैगा प्रधान यानी कि तीनों ही जनजाति करते हैं यानी कि सभी आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी ठीक है उसके बाद मादरी नृत्य कौन कौन करते हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा मांदरी नृत्य कौन कौन करते हैं मादरी नृत्य कौन कौन करते हैं जल्दी से कमेंट करें मादरी नृत्य आएगा आपका मुरिया जनजाति के लोग करते हैं ठीक है मादरी नृत्य कौन कौन करते हैं कर्म जाति के करते हैं ठीक है इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं ये आपके एग्जाम में आता है मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापार पी एस में पूछा गया है ठीक है तो देखिए उराव जनजाति है आपका सरहुल उराव क्या है जाएगा सरूल नृत्य करते हैं उसके बाद सरूल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है सरगुज जो है किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है तो आपका सरगुजा जिले ठीक है उसके बाद है गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से करते हैं गौर ये आपको क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा गौर क्या आएगा डंडामी नृत्य ठीक है क्या आ जाएगा दंडामी नृत्य इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में एक और है क्वेश्चन आया हुआ है एक क्वेश्चन और है जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मुझे जनजाति का माओ पाटा नृत्य है मुझे जो जनजाति होता है आपका माओ पाटा नृत्य है कौन सा आएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा मुझे जनजाति का माओ पाटा नृत्य आएगा आपका शिकार नृत्य कौन सा आएगा शिकार नृत्य ठीक है इसके बाद देखते हैं कि सुवा नृत्य कब करते हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है कि सुबह नृत्य कब करते हैं तो ये आपका आ जाएगा दिवाली ठीक है दिवाली के समय सुबह नृत्य करते हैं और आप कमेंट में बताइएगा आप सभी के लिए क्वेश्चन है छेड़छेड़ा त्यौहार कब मनाते हैं ठीक है छे छेड़ा त्यौहार कब मनाते हैं एग्जाम में आता हुआ है और हरेली किस दिन मनाया जाता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा हरेली क्यों मनाया जाता है और किस त्यौहार के लिए मनाया जाता है ठीक है इसके बाद देखते हैं गौर नृत्य कौन कौन करते हैं गौर नृत्य आपका मारिया आ जाएगा डायरेक्ट आंसर मैं आप सभी को करा दे रहा ठीक है गौर नृत्य कौन कौन करते हैं मार्या लोग करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन है तो इसके बाद देखते हैं कि किस नृत्य में गौर यानी कि आखेट का अभिनय होता है जो गौर नृत्य होता है उसका आखेट का अभिनय होता है जिसका माओ पाटा आ जाएगा डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ उसके बाद इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है तो इनमें से कौन सी है जो महाभारत की कथाओं पर आधारित है तो आपका आ जाएगा पंडवानी नृत्य ठीक है पंडवानी जो नृत्य होता है महाभारत की कथाओं पर आधारित है ठीक है कल के क्लासेज में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से ठीक है थीके? जो कि आपकी पी प्री एग्ज़ाम में आ जाएगा एस SI एग्जाम में आ जाएगा या फिर एडिय जितने भी परीक्षाएँ होते हैं व्यापक पी में इसके लिए बेस्टर क्लास होगी ठीक है इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ से छत्तीसगढ़ के जनजाति की देवी देवता से क्वेश्चन देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले नोट करते जाइएगा इसको इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में मिल जाएगा ठीक है इसके बाद जो उराव है उराव की जनजाति की देवी देवता है तो ये आपका शरना देवी हो जाएगा ठीक है जो उराव जनजाति है आपका शरना देवी हो जाएगा नोट करते चलिएगा ठीक है सरना देवी इसको धर्मित भी कहा जाता है इसके बाद जो कोरवा जनजाति है ठीक है कोरबा जनजाति है इसका देवी देवता है खोया रानी ठीक है उसका तीसरा है कंवर जो जनजाति है आपका सगरा से आ जाएगा देवी देवता ठीक है बैगा का बूढ़ा आ जाएगा उसी अगर भथरा का शिकार देवी उसी पर विधवार का है विंजवासिनी देवी उसी प्रकार है कंवर का छोटे माई बड़े माई ठीक है मुड़िया का अंगा देवी ठीक है इसके बाद मुड़िया का क्या आ जाएगा अंगा देवी आ जाएगा उसके बाद गोड़ का दुल्हा ठीक है ये आपका प्रमुख जनजाति की देवी देवता है ठीक है आज के लिए इतना करें क्या आज के लिए इतना ही ठीक है